ओपनिंग so हो रहा है और गाइज देख सकते हो एक नया पार्सल आया जो की इसमें गोरीला पॉड है जो की हम लोग इसका ओपनिंग करेंगे ठीक है सौरभ जोशी जैसा है तो मैंने उनके ही वीडियो में देख कर मंगाया था ठीक है गाइज तो हम लोग ओपनिंग करेंगे अपने यहाँ पे घर के साइड के मतलब खेत के पास। और गाइस गाइस। को देख सकते भी है पे। तो हम लोग ओपनिंग करेंगे ठीक ठीक है है। है गाइस। गाइस। गाइस चलो ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग किया किया जाता से ही जाएगा। हम्म। हो रहा है और गाइस देख सकते हो कितना बुरा कितना बुरा तरह से ओपनिंग कर रहे हैं हम लोग सो तो गाइस देख सकते हो फ्लिपकार्ट का है और आराम से घर सो so गाइस इसमें ये देख सकते हो मोबाइल पकड़ा जाता है ठीक है गाइस और गाइस ये कार्टून है तो so देख सकते हो कि ये खोला जा रहा है ये क्या है जो कि इसमें एक माइक भी था यार रिटर्न होगा माइक नहीं है यार यार माइक था इसमें तो खोलना पहले चलो इसको ओपन करो रुको रुको एक मिनट रुको चलो यार गाइस इसमें माइक ही नहीं है देखा जाएगा माइक ही नहीं है यार तो साथ दिखाने के लिए माइक माइक माइक है या। यार। यार गैस। ये भी फाड़ लोग। तो जोर-जोर से फाड़ा। बना मिल तो चुका so so गलत फेमे के चलते नहीं मिला ठीक है और गैस देख सकते हो बहुत ही मस्त माइक है छोटा साइस छोटा सा बहुत ही मस्त माइक लग रहा है तो गाइस ओपन करते हैं ठीक है गाइस हेलो एवरीवन देख सकते हो कि अब हम लोग ट्राईपोर्ट से वीडियो बनाएंगे ठीक है गाइस आ चुका है और धीरे धीरे देख सकते हो क्या क्या, क्या कर दिया ट्राईपोर्ट का तो गाइस देख सकते हो अभी ट्राईपोर्ट का जो माइक आया था हम लोग इससे बोल रहे हैं तो वीडियो पसंद है तो वीडियो